कर्मश्री संस्था ने भारतीय नए साल के उपलक्ष में भव्य आतिशबाजी कर नए साल का जश्न मनाया इस मौके पर 111 पुरोहितों के शंखनाश से नए साल का आगाज किया गया भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में संचालित कर्मश्री संस्था हर साल हिंदू नववर्ष का धूमधाम के साथ आयोजन करती है इस बार भी नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया इस वर्ष भी नवरात्रि की पूर्व संध्या पर भव्य आतिशबाजी की गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और 111 सौ पुरोहितों के शंखनाथ के साथ नए साल का आगाज किया गया भारतीय नववर्ष के हिसाब से इस बार विक्रम संवत 2080 है भारतीय सनातन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों और सभ्यताओं में से एक है यार अजय हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे